प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ नागपुर में हुई घटना पर मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि साधु संत महात्मा व कथावाचकों का अपमान नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म की आस्था पर आघात और प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नागपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है विधायक त्रिपाठी ने कहा कि भूत प्रेतों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल विज्ञान भी मान्यता देता है अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत की मौजूदगी के प्रमाण कई बार मीडिया में दिखाए और बताए गए हैं लोगों की आस्था ही तो सब कुछ है ऐसी स्थिति में हमारे जो भी साधु संत महात्मा कथावाचक है उनका अपमान नहीं होना चाहिए इससे पहले भी संत प्रदीप मिश्रा के साथ सीहोर में यही हुआ था भीड़ और व्यवस्था का बहाना बनाकर कथा बंद करा दी गई थी त्रिपाठी ने कहा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम भी जब होंगे उनसे भी सवाल करने वाले कम नहीं थे और किए भी गए भगवान श्री कृष्ण को चमत्कारी कहा उन्हें छलिया बताया गया ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है लेकिन हम हिंदू धर्म की आस्था पर किसी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे त्रिपाठी ने कहा वे बाईस जनवरी को राजधानी भोपाल में हिंदू धर्म और तमाम कथा वाचकों के सम्मान में एक बृहद आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी धर्मावलंबी तमाम कथावाचक बागेश्वर धाम के अनुयायियों से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आयोजन में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएं। साथ ही विधायक त्रिपाठी ने कहा कि मेरी तमाम हिंदुस्तानियों से भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले लोगों से अपील है की ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का सड़क पर उतर कर जवाब देने का कार्य भी करें यदि धर्मों के बारे में अपने धर्मगुरुओं के बारे में इस तरह आरोप लगाते जाएंगे तो ये बात भी सच है कि फिर यही तो प्रमाण कई तरह के होते हैं मैं वो उन विषय में नहीं जाना चाहता पर हम हिंदुस्तान के हैं हम अपने धर्मगुरुओं को मानते हैं हम रामायण को पूजते हैं रामायण के अनुसार चलते हैं राम को मानते हैं कृष्ण को मानते हैं अपने पिता को मानते हैं माता को मानते हैं तो पिता का भी प्रमाण लोग मानने मांगने लगेंगे तो ये धर्म और विश्वास आस्था का मामला है ये उनकी सोच हो सकती है जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर दस दस पर 22 तारीख को 5 बजे 10 10 नंबर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्म गुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे बाकी के पक्ष में लड़ाई रामायण भागवत राम कृष्ण सबके ऊपर जल्दी नाम कमाने की लालसा से किसी न किसी तरफ आरोप और प्रत्यारोप रामायण के के के नाम पर, जी, तो की के नाम पर तो कभी के नाम पर, तो लगाए अभी, अभी हाल ही में नागपुर में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हुए जादू टोना टोटका का हवाला देते हुए वहां की एक समिति के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया गया और अभी भी वो सक्रिय हैं कि उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो तो हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमारे रामायण ग्रंथ हमारे साधु संत ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं हमारे आस्था धार्मिक भावनाओं के प्रतीक हैं इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो दिल दुखता भी है और लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कानून है कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनता जिनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए आज पाकिस्तान में यदि कोई इस तरह आरोप लगा दे बड़ी ऐसी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का